एक प्लेन हाइजा कर जो अमेरिकी इतिहास का सबसे शादर और रहसमी मुजरिम माना जाता है वो एक कमर्शियल प्लेन से पैराशूट और फिरोती के फिर तो लाख डॉलर लेकर छलांग लगाता है और उसके बाद कभी दिखाई नहीं देता न जिंदा न मर्दा उस रात हुए इस जुर्म ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई को अगले चालीस सालों ऐसी भी ज्यादा समय तक परेशान रखा और उसके बाद भी ये कभी पता नहीं लग पाया कि प्लेन को हाईचे करने वाला वो शातर दिमाग आखिर कौन था डी भी अमेरिकी इतिहास का एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो एक प्लेन को हाईचे करने के बाद भी कभी पकड़ा नहीं गया यही कारण है कि ये घटना अपराध जगत में हुए चंद ऐसे केसेस में से एक है जिसकी गुत्थी कभी नहीं सुलझ पाई एक अपराधी होने के बावजूद Cooper आज अमेरिका में एक महान चोर की हैसियत से जाना जाता है जिसको पकड़ा जाना तो दूर बल्कि उसकी पहचान तक न हो पाने के रिकॉर्ड ने उसे लोगों के बीच मशहूर कर दिया आखिर कौन था यह व्यक्ति इस घटना के बाद वो कहा गया ऐसा क्या था कि वो कभी पकड़ा नहीं गया पेश है 24 नवंबर उन्नीस सौ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये समय था त्यौहार की शुरुआत का जब ज्यादातर लोग अपने घर लौट रहे थे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक काला ब्रीफकेस पकड़े बुकिंग काउंटर पर आता है वह 20 डॉलर पे करके सियाटल जाने वाली फ्लाइट 305 का एक तरफा यात्रा का टिकट लेता है टिकट लेते वक्त ये व्यक्ति अपना नाम डेन कूपर दर्ज करवाता है। फ्लाइट 305 नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस की बेहद छोटी यात्रा पर रवाना होने वाली थी जिसमें 30 मिनट का वक्त लगना था। आप करेंगे कि अमेरिका में उस वक्त तक डोमेस्टिक फ्लाइट में सिक्योरिटी जैसी कोई चीज नहीं थी आप प्लेन में कोई भी हथियार या गैर कानूनी चीजें लेकर जा सकते थे और कूपर ने भी कुछ ऐसा ही किया कूपर जो कि एक टिपिकल बिजनेसमैन की तरह कपड़े पहने हुए था प्लेन में चिट्ठी पकड़ाई और उसे खोलकर पढ़ने का आग्रह किया शुरू में कि वह उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है लेकिन जब अटेंडेंट ने चिट्ठी खोली तो कहानी ही पलट गई कूपर ने उसमें लिखा था कि मेरे पास यहाँ फ्लाइट में एक बम है और मैं चाहूंगा कि तुम मेरे पास आकर मुझसे इस बारे में बात करो फ्लोरेंस अपने तो कर उसमें जो रखा था वो दिखने में एक बॉम्बैसा था जिसके दो वायर पकड़ कर कूपर ने यह धमकी दी की अगर उसकी मांगी हुई चीजें उसे नहीं मिलेंगी तो वह बॉम्ब को एक्टिवेट कर देगा और और सब मारे जाएंगे। घबराई हुई अटेंडेंट ने ये बात अपने पायलट को बताई, जिसके तुरंत बाद नॉर्थवेस्ट एयरलाइन एफबीआई अलर्ट हो हो प्लेन अब चुका था। इस खबर को सुनकर सब चौंक ही रहे थे कि कूपर ने अपनी डिमांड उसे दो लाख डॉलर और चार पैराशूट चाहिए थे अटेंडेंट ने कूपर का यह संदेशा भी आगे ट्रांसफर कर दिया यात्रियों की की जान का खतरा समझते हुए कूपर है अपनी ड्रिंक और सिगरेट का मजा ले रहा था उसका व्यवहार एक चोर के जैसा तो बिल्कुल नहीं था बल्कि वह एक जेंटलमैन की तरह पेश आ रहा था यात्रियों को को कोई खबर नहीं थी थी। कि आखिर प्लेन प्लेन में हो क्या रहा है। उन्हें फ्यूल की की किसी दिक्कत के चलते रोकने की बात कही गई और आखिरकार कूपर की मांग के अनुसार पैसे और पैराशूट अब दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे लेकिन यहाँ पर नोटो के साथ एक चालाकी की, की गई थी जो कूपर की पकड़ में नहीं आई फिर एक बैग में भरकर दिया गया था, था। जिससे इस बैग का वजन दस किलो से भी ज्यादा हो गया था। अब कूपर की मांग पूरी होने पर, उसने अपने वादे के अनुसार सभी यात्रियों को जाने दिया लेकिन प्लेन में अब भी एक अटेंडेंट और पायलट बचे हुए थे अब बारी थी कूपर के वहां से बच निकलने की पर ने पायलट्स को ये निर्देश दिए कि वे फ्लाइट को लैंडिंग गियर खुला रखते हुए लेकिन पायलट के बताने पर की जहाज में मैक्सिको जाने जितना फ्यूल नहीं है तब उसने रीनो जाने की मांग की और इसके बाद वो पैराशूट और पैसों का बैग खुद ऐसी बांध कर जहाज से कूदने की तैयारी में लग गया पायलट के रियर डोर खोल दिए जाने से कूपर नीचे जाती सीढ़ियों पर खड़ा हो गया और इसके बाद जो हुआ वो अगले चालीस सालों से भी ज्यादा समय तक बहस का हिस्सा बना रहा जहाज से कूदने के बाद कूपर जैसे गायब हो गया उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा रेनो एयरपोर्ट घटना की ग्यारह बजकर तीस मिनट पर कूपर की हवा में गायब हो जाने के बाद जब प्लेन प्लेनो एयरपोर्ट पर उतरा, तब तक सारे एजेंट्स अपने काम पर लग चुके थे। थे। जहां से अब जो चीजें बरामद हो सकी, शामिल थे। की और उसके क्लिप दो पैराशूट और उसके द्वारा पी गई सिगरेट्स के बट्स कूपर ने जिस ग्लास में ड्रिंक लिया था वो बाकी यात्रियों के ग्लास के साथ मिक्स होने की वजह से कभी नहीं मिल पाया। बाकी सारी चीजें अपने साथ ले गया था। बम और यहां तक कि उसके द्वारा लिखी गई भी। इसके बाद एक्सपर्ट्स उस जगह की तलाश में जुट गए जहाँ कूपर के कूदने की संभावना थी प्लेन के ऑटो पायलट मोड में होने की वजह से फ्लाइट का सटीक रास्ता तो मालूम हो गया लेकिन कूपर किस समय और कहां कूदा था ये जानने में थोड़ी मुश्किल हुई सभी तरह की जांच करने के बाद एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे कि कूपर फ्लाइट से आठ बजकर दस मिनट पर कूदा होगा कूपर की छलांग ने 28 वर्ग किलोमीटर के इलाके में सभी को खोज करने के लिए मजबूर कर दिया अगली सुबह हेलीकॉप्टर प्लेन्स और दुनिया भर के गार्ड्स की मदद से एफबीआई इस इलाके की खाक लगी। यहां तक इस खोज में मिलिट्री भी शामिल थी कई हफ्तों तक इस इलाके के जंगलों की खोज करने के बाद भी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। कूपर का कहीं भी कुछ पता नहीं था कुछ ही वक्त में डैन कूपर मीडिया में चर्चा का विषय बन गया एक न्यूज की गलती से डेन कूपर का नाम डी कूपर प्रिंट हो गया नाम में जुड़ा भी डेन से कहीं ज्यादा लोगों को पसंद आया और उसके नाम के साथ ये फिर हमेशा के लिए जुड़ गया इधर एफबीआई दिन रात की खोज में जुटी हुई थी। कूपर के जहाज को दिए गए निर्देशों और पैराशूट को प्रयोग में लाए जाने से उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि यह इंसान जो कोई भी था उसे प्लेन और पैराशूट की काफी अच्छी जानकारी थी इसी शक को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स ने और पायलट्स रिकॉर्ड लेकिन बदकिस्मती से कुछ हाथ नहीं लगा। अब ये सब मानने लगे थे कि कहीं डीबी उस छलांग में मारा तो नहीं गया लेकिन कुछ भी नतीजा निकलने से पहले एक और प्लेन हाईजेकिंग की खबर सामने आई जिसका तरीका भी डीबी कूपर के जैसा ही था एफबीआई को सात अप्रैल उन्नीस सौ बहत्तर को पकड़ लेंगे। अप्रैल यूनाइटेड एयरलाइंस की एक फ्लाइट को जेम्स जॉनसन नाम के व्यक्ति ने नामजेक किया था फिर 5 लाख डॉलर के साथ कूपर के जैसे ही उसने भी चार पैराशूट की मांग की और उसे लेकर वो प्लेन से कूद गया ये हाईजकर शायद पकड़ा ना जाता अगर वह अपने ही किसी जान पहचान के व्यक्ति से इस हाईजैकिंग की चर्चा न करता जिसकी सेंध ने लगा ली और कुछ ही दिनों में ये पकड़ा गया। वियतनाम के पूर्व पायलट रिचर्ड मेकोय ने जेम्स जॉनसन बनकर इस हाईजैकिंग को अंजाम दिया था उसके घर से फिरौती के पांच लाख डॉलर और पैराशूट दोनों बरामद हुए और उसे दोनों हाईजेकिंग करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन की बात नहीं कि रिचर्ड रिचर्ड के केस का कोई भी तार भी कूपर से नहीं जुड़ा। ही कूपर हो सकता था। यह अंदाज़ा गलत साबित हुआ। इसके बाद रिचर्ड को 45 साल की जेल हुई लेकिन रिचर्ड के प्लेन से कूदने और सही सलामत बच जाने से लोग अब ये मानने लगे थे की कूपर भी उस रात बच निकला था इस घटना के आठ साल तक जैसे इस केस में खामोशी थम जाती है लेकिन 1980 में एक बहुत बड़ा हाथ लगता है। 7 फरवरी 1980 कोलंबिया नदी के किनारे लकड़ियां इकट्ठे कर रहे एक बाप और बेटे को रेत में दबे नोटों के तीन बंडल मिले जो कि गलने से खराब हो चुके थे जिन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन था लेकिन बंडल्स के बीच में मौजूद नोटों की हालत अब भी सही थी ने जब इन नोटों के सीरियल नंबर मैच किए, तो पता चला कि ये वही नोट थे जिन्हें ले भागा था। जहां एक तरफ इस खोज से कूपर को पकड़ने की कुछ उम्मीद जगी थी वहीं दूसरी तरफ इसने इस केस के रहस्य को और ज्यादा गहरा कर दिया अगले कई सालों तक डिपार्टमेंट शक के बिना पर कई लोगों की तहकीकात करता रहा पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा नौ साल गुजर जाने पर भी इन गली हुई नोटों के अलावा कोई भी ऐसी कड़ी के हाथ नहीं लगी जो उन्हें ऊपर तक ले जाती लेकिन घटना के पूरे पैंतीस साल गुजर जाने पर एक अहम सुराग हाथ लगा न्यूयॉर्क 2007 एक प्राइवेट डिटेक्टिव ने एफबीआई को यह बताया कि उसकी एक ऐसे है जो ये जानता है की तो जवाब दिया की मैं कूपर के साथ पला बड़ा हूँ वो मेरा भाई है डिटेक्टिव ने आगे जांच की तो उसे एक नए सस्पेक्ट का नाम मालूम हुआ ऊपर की के के वक्त ही एयरलाइंस लिए फ्लाइट अटेंडेंट का काम करता था उसे सारे फ्लाइट तनख्वा और रास्ते पता थे। इसके साथ ही उसे से अपनी और कटौती को लेकर काफी शिकायतें थीं। उस वक्त वो हफ्ते के मुश्किल से 150 डॉलर बना पाता था लेकिन हाईजेकिंग की घटना के एक साल बाद उसने साउथ वाशिंगटन में एक बड़ा घर खरीदा वो भी कैश देकर जाहिर था कि रकम उसके कमाए गए पैसों से से कहीं ज़्यादा थी। थी। केवल इतना ही नहीं, उसकी उसकी शराब और सिगरेट पीने की आदत भी कूपर से मेल खाती थी। जब फोटो उस रात की अटेंडेंट फ्लोरेंस को दिखाई गई तो उसने कहा कि कीनेथ की फोटो उस स्केच से सबसे ज्यादा मेल खाती है जो उसे अब तक दिखाई गई थी लेकिन ये सब बातें के के, के लिए बेकार थी। बिना किसी ठोस सबूत के, केवल एक रिश्तेदार के कहने पर वे कैनथ को कूपर कूपर नहीं नहीं बना सकते थे। ये घटना अकेली नहीं थी, बल्कि ऐसे कई सस्पेक्ट्स ने कूपर की कहानियों को अगले कई सालों तक जिंदा रखा जिसमें कई लोगों के द्वारा कूपर की पहचान करने का दावा किया गया लेकिन कोई भी कूपर का सही पता नहीं दे पाया सालों से FBI किसी ऐसे इंसान की की तलाश में जुटी रही, जो विमान और पैराशूट अच्छी जानकारी रखता हो। लेकिन एक्सपर्ट्स अब मानते हैं कि उनका ऐसा करना गलत भी हो सकता है मुमकिन है कि कूबर इन सब के बारे में ज्यादा जानकारी ही न रखता हो क्योंकि उसने आम से कपड़ों में बिना तैयारी के इस जुर्म को अंजाम दिया था उसके पास वो खास तरीके के और नहीं थे, गो स्काई करते समय पहने जाते हैं उसके द्वारा को को चुनने में भी गलती की की गई थी। उसने बजाय चुना था जिन्हें हवा में खोलना और कंट्रोल करना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है वही उसने फरौती की रकम में दिए गए 20 डॉलर के नोटों को कबूल करके भी एक बड़ी गलती की थी वह बीस की बजाय सौ डॉलर के नोटों की भी मांग कर सकता था जिससे उसे काफी कम वजन के साथ फ्लाइट से कूदना पड़ता जो कि एक सही चॉइस थी शायद ये बातें उसके बारे में झूठी रही हो लेकिन कूपर लोगों के लिए जैसे एक फैंटेसी बन चुका है लोगों का ये मानना है कि कूपर उस रात बच निकला था और वो आज किसी बीच पर बैठा लूटे हुए उन पैसों से मजे कर रहा होगा आखिर कौन था? था था? एक एक चोर या या आम मुजरिम? क्या क्या वो उस रात बच निकला था या फिर मरा गया था? क्या इस के पीछे उसका आखिरी मकसद सिर्फ पैसा था या फिर उसने ये बदला लेने के लिए किया था ये शायद हम नहीं बता सकते क्योंकि कूपर हमारे लिए एक ऐसी रहस्यमय किताब की तरह है जिसका आखिरी पन्ना गायब है। आपको क्या लगता है उस रात कूपर का क्या हुआ होगा मुझे कमेंट में बताइए और प्लीज इस वीडियो को कम से कम दो लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार